नमस्ते और इस व्याख्यान में वापस स्वागत है C++ में इंट्रोडक्शन टू पॉइंटर पर व्याख्यान के दो पार्ट में से ये सेकेंड पार्ट है यहाँ हम पहले से ही अध्ययन किए गए कुछ प्रासंगिक विषयों का संक्षिप्त में रिकेप देखते हैं हमने C++ में बेसिक प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट को देखा हमने C++ में पॉइंटर डेटा टाइप को देखा हमने C++ प्लस लैंग्वेज में एड्रेस या एम्परसेंट ऑपरेटर को देखा और हमने कुछ प्रतिवाद को भी देखा जिससे हमें सतर्क रहना चाहिए जब हम कुछ ऑपरेटर के एड्रेसेस को यूज करते हैं इस लेक्चर में हम ये पता करने जा रहे हैं कि किस तरह दिए गए मेमोरी एड्रेस से कंटेंट फाइंड किया जाता है इसे मेमोरी एड्रेस का डीरेफरेंसिंग कहा जाता है हम C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर के कंटेंट को भी देखने जा रहे हैं अब चलो जल्दी से मेमरी और मेमोरी में लोकेशन के एड्रेस को देखते हैं तो मुख्यतः मेमोरी फिजिकल स्टोरेज लोकेशन का सीक्वेंस है और हर लोकेशन इन्फॉर्मेशन की एग्जैक्टली exactly एक बाइट या आठ बेट स्टोर करती है जिसे कि कंटेंट या उस लोकेशन की वैल्यू कहते हैं और हर फिजिकल मेमोरी लोकेशन का यूनिक एड्रेस होता है जिसके द्वारा यह पहचानी जाती है और यह सीक्वेंस के समान है यह स्टोरेज लोकेशन के पूरे सीक्वेंस में मेमोरी लोकेशन के इंडेक्स के समान है तो उदाहरण के लिए इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस हेक्सा में फोर्टी है आमतौर पर C++ में जब हम एड्रेस को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं यह हेक्साडेसिमल में प्रिंट होता है तो इसलिए मैं मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को डिनोट करने के लिए हेक्साडेसिमल को यूज कर रहा हूं। और ये 11110000 इस मेमोरी लोकेशन का कंटेंट है ये इसका एड्रेस है और ये कंटेंट है हमने ये भी देखा था कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है जिसे कि हम प्रोसेस भी कहते हैं फिर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस द्वारा यूज के लिए मेन मेमोरी के पार्ट को एलोकेट करता है और मेमोरी का ये पार्ट जो कि प्रोसेस के लिए एलोकेट हुआ है वह एक्चुअली तीन सेगमेंट में डिवाइड होता है कोड सेगमेंट डेटा सेगमेंट और स्टैक सेगमेंट और हमने पहले के व्याख्यानों में देखा था कि प्रोग्राम के सभी फंक्शन के सभी लोकल वेरिएबल्स स्टैक सेगमेंट में स्पेस एलोकेट करते हैं तो चलो एक सिंपल सी के प्रोग्राम को देखते हैं जहाँ हम दिए गए मेमोरी एड्रेस पर कंटेंट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो चलो इस तरह शुरू करते हैं हमारे पास इंटीजर वेरिएबल ए है हम जानते हैं कि इंटीजर को स्टोरेज के लिए फोर बाइट्स की जरूरत होती है हर मेमोरी लोकेशन केवल एक बाइट स्टोर करता है तो हम ए की वैल्यू को स्टोर करने के लिए फोर कंजीक्यूटिव मेमोरी लोकेशन को एलोकेट करने जा रहे हैं और चलो कहते हैं कुछ समय के लिए इन फोर लोकेशंस के लिए ये फोर कंसेक्यूटिव मेमोरी एड्रेसेस हैं। पॉइंटर ए पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है ये मुख्यतः इंटीजर के लिए पॉइंटर है चलो मान लेते हैं कि हर मेमोरी एड्रेस 32 टू बेट्स या फोर बाइट्स को रिप्रेजेंट करता है तो पॉइंटर ए पॉइंटर टाइप का वेरिएबल होने के कारण यह एड्रेस स्टोर करेगा तो इसे 32 टू की जरूरत होगी तो हम इस वेरिएबल के लिए स्टैक सेगमेंट में चार लोकेशन को एलोकेट करने जा रहे हैं और चलो कहते हैं कि उन चार लोकेशन के लिए यह चार कंजीक्यूटिव एड्रेस हैं। अब जब मैं स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता हूँ तो ए में जीरो 02abc ए असाइन होता है क्या क्या होने जा रहा है वेरिएबल ए के लिए रिजर्व मेमरी लोकेशन में यह वैल्यू कॉपी हो जाएगी तो मैंने वहां पर ये देखा उसके बाद जब हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं पॉइंटर ए को एम्परसेंड ए असाइन होता है तब क्या होने वाला है मैं पहले इसी वेरिएबल ए के लिए मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को फ़ाइंड करूँगा अब यहाँ चार मेमरी लोकेशन इसी वेरिएबल ए के लिए है जैसा कि हमने पहले के लेक्चर में देखा था कि हमें मुख्यतः इन चार कंजीक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस में से पहले को लेना चाहिए तो हम हैक्स जीरो को लेने जा रहे हैं और वेरिएबल प्वाइंटर ए के लिए जो भी पार्ट रिजर्व था उसमें इसे स्टोर करेंगे तो यहां पर यह होने जा रहा है अब सवाल यह है कि वेरिएबल प्वाइंटर ए वेरिएबल ए के लिए रिजर्व पहले चार लोकेशन के एड्रेस को स्टोर करता है अगर मैं इस एड्रेस को जानता हूँ क्या मैं मेमोरी ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूँ अब C++ में हम इसे स्पेशल ऑपरेटर जिसे कंटेंट ऑफ ऑपरेटर कहते हैं से कर सकते हैं आपके प्रोग्राम में इसे स्टार सिंबल द्वारा डिनोट किया जाता है और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के विपरीत जिसे स्टार द्वारा भी दर्शाया जाता है और जो कि बाइनरी ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर दो ऑपरेंट को लेता है यहाँ कंटेंट ऑफ ऑपरेटर है इसको भी स्टार द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है यूनरी ऑपरेटर हो सकता है यह एग्जैक्टली exactly एक ऑपरेंट लेता है तो ये ऐसे कार्य करता है मान लीजिए पॉइंटर ए प्रोग्राम वेरिएबल है जो कि बेसिकली अन्य वेरिएबल का एड्रेस है तो इसका टाइप इंटस्टार होगा ये इंटीजर के लिए पॉइंटर है यदि ऐसा है तो स्टार पॉइंटर ए उस इंटीजर की वैल्यू देगा जिसे पॉइंटर ए पॉइंट कर रहा है तो बेसिकली जब मैं स्टार पॉइंटर ए लिखता हूँ मैं कह रहा हूँ पॉइंटर ए द्वारा दी गई वैल्यू के एड्रेस को लो उस एड्रेस के लिए करस्पॉन्डिंग मेमोरी लोकेशन में जाओ और उस मेमोरी लोकेशन में स्टोर इंटीजर की वैल्यू को फाइंड करो चलो देखते हैं रियल सी प्लस प्लस प्रोग्राम में यह कैसे काम करता है तो ये हमारा पिछला प्रोग्राम है परंतु अब हमने इसे उस स्टेटमेंट द्वारा ऑगमेंट किया है जहां मैं स्टार पॉइंटर ए की वैल्यू को प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ ये यूनरी स्टार ऑपरेटर है कंटेंट ऑफ ऑपरेटर तो हम इसे किस तरह करेंगे मैं बेसिकली पूछ रहा हूँ चलो पॉइंटर ए के वैल्यू द्वारा दिए गए एड्रेस पर कंटेंट या वैल्यू को फाइंड करते हैं। और ये पता करेंगे की उस एड्रेस में क्या वैल्यू स्टोर है और फिर हम यूज प्रिंट करवाएंगे ठीक है तो पॉइंटर की वैल्यू हेक्स जीरो जीरो फोर जीरो टू है तो आपको इस एड्रेस की कंटेंट या वैल्यू को फाइंड करना होगा हम इसे कैसे करेंगे हम बेसिकली एड्रेस हैक्स जीरो से शुरू करके बाइट्स को रीड करेंगे परंतु कितनी बाइट्स हमें रीड करनी चाहिए अब इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें जाना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा पॉइंटर वेरिएबल का टाइप क्या था अब हम जानते हैं कि पॉइंटर बेसिकली इंटीजर के लिए पॉइंटर है तो ये इंटीजर का एड्रेस स्टोर कर रहा है इसलिए जब मैं पॉइंटर ए के वैल्यू से एड्रेस को पिक करता हूँ और उस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ मैं इंटीजर को रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ और क्योंकि इंटीजर को फ़ोर बाइट्स की ज़रूरत होती है मुझे हैक जीरो लोकेशन से फ़ोर बाइट्स रीड करना होगा जो कि पॉइंटर ए की वैल्यू द्वारा दिया गया एड्रेस है तो यह स्टेटमेंट क्या करता है कि यह हेक्स 00402 मेमोरी लोकेशन से शुरू होकर 4 बाइट्स को रीड करेगा तो बेसिकली यह हेक्स 02abc को रीड करेगा और फिर यह इसे प्रिंट करेगा तो स्टार ऑपरेटर यह करता है जैसा की मैंने कहा यह सिंगल आर्ग्यूमेंट लेता है और यदि ए पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है फिर स्टार पॉइंटर ए कंटेंट ऑफ पॉइंटर ए सी प्लस प्लस एक्सप्रेशन है अब क्यूँकी यहाँ ऑपरेटर है जो की वेरिएबल पर ऑपरेट करता है जिससे की आपको एक्सप्रेशन मिल सके हमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस एसोसिएटिविटी और उन सभी के बारे में चिंता करनी चाहिए परंतु हम अपनी लाइफ को आसान करना चाहते हैं और जब हम स्टार ऑपरेटर का यूज कर रहे हो तो हम प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी को स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए पैरथेसिस का यूज करेंगे अब दी गई मेमोरी एड्रेस से कंटेंट को एक्सेस करने की ये प्रोसेस को एड्रेस का डी भी कहते हैं और ये नोट करना इंटरेस्टिंग है की हमारे पास एम्परस ऑपरेटर के बाद एक्चुअली स्पेस है याद करें ये ऑपरेटर का एड्रेस है जिसे हमने पिछले व्याख्यान में पढ़ा था और स्टार ऑपरेटर जो कि कंटेंट ऑफ ऑपरेटर है तो जब हम वेरिएबल के लिए एड्रेस ऑफ ऑपरेटर या कंटेंट ऑफ ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं हम एक्चुअली ऑपरेटर और वेरिएबल के बीच में स्पेस यूज करते हैं परंतु हमें इसे केयरफुल यूज़ करना चाहिए बेसिकली मैं एम्परसैंड ए या एम्परसैंड स्पेस ए स्टार पॉइंटर ए या स्टार स्पेस पॉइंटर ए लिख सकता हूँ अब हमें अपने प्रोग्राम को ज्यादा समझ में आने वाला बनाने के लिए स्पेस को सावधानी से यूज़ करना चाहिए तो यदि प्रोग्राम कॉन्टेक्स्ट में स्पेस देने से ये ज़्यादा रीडेबल हो जाता है तो इसे यूज करने के लिए आप फ्री हैं यदि स्पेस ना डालने से प्रोग्राम ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है तो ठीक है स्पेस मत दीजिए अब हमने देखा था कि मेमोरी एड्रेस को किस तरह डीरेफरेंस किया जाता है क्या हमारे पास डीरेफरेंस का डीरेफरेंस है और बेशक ये संभव है कि यह C++ में कर सके तो यहाँ पर एक छोटा सा C++ का प्रोग्राम है जहाँ मेरे पास कैरेक्टर वेरिएबल है जिसे बाइट्स द्वारा एलोकेट किया गया है और वह इसका मेमोरी एड्रेस है फिर मेरे पास कैरेक्टर वेरिएबल के लिए पॉइंटर है और क्यूँकी पॉइंटर एड्रेस स्टोर करता है तो ये मान कर कि सभी एड्रेसेस थर्टी बिट्स के है फोर बाइट एलोकेट करते हैं फोर बाइट्स की जरूरत है और यह फोर बाइटर पॉइंटर सी के लिए करस्पॉन्डिंग एड्रेस है। पॉइंटर पॉइंटर के, के साथ एलोकेट है अब जब मैं इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता हूँ मैं कह रहा हूँ वेरिएबल सी के एड्रेस को फाइंड करो और इसे पॉइंटर सी के लिए रिजर्व मेमोरी लोकेशन में स्टोर करो तो वेरिएबल सी के लिए रिजर्व बाइट का एड्रेस 0x00302 है तो मैं वेरिएबल पॉइंटर सी के लिए रिजर्व बाइट्स में 0x00302 को कॉपी करूंगा अगला स्टेटमेंट कहता है पॉइंटर सी के एड्रेस को फाइंड करो और इसे पॉइंटर पॉइंटर सी के लिए एलोकेटेड स्पेस में स्टोर करो अब हमने पहले देखा था कि जब मैं ampersand को करता हूं और जब बहुत सी बाइट होती है तो इस केस में जीरो एक्स जीरो करूंगा और मैं इसे पॉइंटर पॉइंटर सी के लिए एलोकेटेड स्पेस में स्टोर करूंगा फिर मैं सी को इनपुट से रीड कराने के लिए कहता हूँ चलो कहते हैं हम कैरेक्टर में रीड करते हैं जिसका एसकी कोड 0x00030 को करस्पॉन्ड करता है यह एसकी कोड 48 है क्योंकि यह हेक्साडेसिमल नोटेशन में है और अब हम स्टार स्टार पॉइंटर पॉइंटर सी को प्रिंट करवाना चाहते हैं नोट करें कि मैं इस समय क्या डीरेफरेंस कर रहा हूँ स्पष्ट दर्शाने के लिए मैंने पैरथेसिस यूज किया था तो शुरू होने के लिए स्टार पॉइंटर पॉइंटर सी की वैल्यू क्या होगी ठीक है पॉइंटर पॉइंटर सी की 0x00402 एक्स वैल्यू है तो हमें 0x00402 एक्स जीरो मेमोरी लोकेशन में जाना होगा और कुछ बाइट्स को रीड करना होगा तो मुझे 0x00402 एक्स एड्रेस पर कंटेंट को फाइंड करना है परंतु मुझे यहाँ से कितनी बाइट्स रीड करनी चाहिए इस सवाल के जवाब में हमें वापस पीछे जाना होगा और पूछना होगा कि पॉइंटर पॉइंटर सी का टाइप क्या है बेसिकली ये किसका पॉइंटर है अब पॉइंटर पॉइंटर सी हम इस डिक्लेरेशन से जानते हैं कि ये कैरेक्टर पॉइंटर के लिए पॉइंटर है इसलिए ये मुख्यतः कैरेक्टर पॉइंटर को पॉइंट करता है और कैरेक्टर पॉइंटर अन्य पॉइंटर के समान एड्रेस है यदि सभी मेमोरी एड्रेसेस 32 बिट्स में स्टोर किए जा सकते हैं कैरेक्टर पॉइंटर को 32 बिट्स या 4 बाइट्स की जरूरत होगी तो जब मैं स्टार पॉइंटर पॉइंटर सी करता हूं, मुझे पॉइंटर पॉइंटर सी की वैल्यू को फाइंड करना होता है उस मेमोरी लोकेशन में जाए क्यूँकी पॉइंटर पॉइंटर सी एड्रेस के लिए पॉइंटर है इसलिए एड्रेस को प्राप्त करने के लिए मुझे फोर बाइट को रीड करना होगा तो इसलिए मैं फोर बाइट्स को रीड करूंगा और मैं 0x00302 वैल्यू को प्राप्त करूंगा अब मुझे स्टार पॉइंटर पॉइंटर सी का वैल्यू 0x00302 प्राप्त होने के बाद एड्रेस 0x00302 पर मेमोरी का कंटेंट क्या है एक बार पुनः मुझे उस मेमोरी लोकेशन में जाना होगा और कितनी बाइट्स अब मुझे रीड करनी चाहिए मैं पीछे जाऊंगा और पूछूंगा स्टार पॉइंटर पॉइंटर सी टाइप क्या है star pointer pointer C एक character pointer के लिए pointer है, तो इसे star pointer pointer C character pointer होना चाहिए। इसलिए जब मैं स्टार पॉइंटर सी को डी रेफ करता हूँ करने की कोशिश करता हूँ तो कैरेक्टर को केवल एक बाइट की जरूरत होती है और इसलिए मैं 0x00302 एक्स लोकेशन से एक बाइट रीड करूंगा और ये मुझे 0x00030 एक्स वैल्यू देता है जो कि यहाँ प्रिंट होने वाली है अब हम कितनी दूर तक को नेस्ट कर सकते हैं जितने दूर आप चाहें उदाहरण के लिए यदि एक्स वेरिएबल इंट स्टार स्टार स्टार स्टार टाइप का है फिर हम एक्स के डी रेफरेंसिंग को फोर लेवल तक यूज कर सकते हैं बेसिकली इंट स्टार स्टार स्टार स्टार टाइप का वेरिएबल एक्स इंटीजर के लिए पॉइंटर के पॉइंटर के पॉइंटर के लिए पॉइंटर है तो यदि मैं star x लिखता हूं, मैं लिखता बेसिकली इस last star को यहां से अलग करने और बाकी के तीन स्टार को इंट के साथ रखने का सोच रहा हूँ तो स्टार एक्स बेसिकली इंट स्टार्टार्टार टाइप का एक्सप्रेशन है इसी तरह स्टार स्टार एक्स मैंने यहाँ दो स्टार को अलग किया था दो स्टार को वापस इंट के साथ रखा है तो स्टार स्टार एक्स इंट स्टार स्टार टाइप का एक्सप्रेशन है और इसी तरह फाइनली स्टार स्टार स्टार स्टार एक्स इंट टाइप का एक्सप्रेशन है क्या होगा यदि मैं स्टार स्टार स्टार एक्स को डी रेफरेंस करने की कोशिश करूं याद रखें स्टार स्टार स्टार स्टार एक्स इंटीजर है पॉइंटर नहीं है तो मैं इसे वैध रूप से डी रेफरेंसिंग नहीं कर सकता तो कंपाइलर एरर देगा अब जब डी रेफरेंस करते हैं तो कुछ ध्यान देने की बातें हैं ये कुछ मेमरी एड्रेसेस हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रोसेस के लिए एलोकेटेड मेमोरी के पार्ट के बाहर है यदि आप आपको एलोकेटेड पार्ट के बाहर के एड्रेस को डी करने की कोशिश करते हैं, ये आपको रन टाइम एरर देगा आप सेगमेंटेशन वायलेशन और प्रोग्राम क्रैश जैसे एरर को देखेंगे विशेषकर एड्रेस किसी भी यूजर प्रोसेस के मेमोरी स्पेस में नहीं है इसलिए यदि आप अपने प्रोग्राम में जीरो को डीरेफरेंस करने की कोशिश करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर सेगमेंटेशन वॉयेशन प्राप्त होगा और आपका प्रोग्राम निश्चित तौर पर क्रैश हो जाएगा तो जब डी करते हैं आपको सावधानी रखनी चाहिए कि आप मेमोरी के पार्ट के अंदर मेमोरी के कंटेंट को देख रहे हैं जो कि आपको एलोकेट हुई है आपका एड्रेस ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा आपको एलोकेटेड एड्रेस स्पेस की सीमा में ही होना चाहिए तो सारांश में इस व्याख्यान में हमने देखा मेमोरी एड्रेस को किस तरह डीरेफरेंस कर सकते हैं मुख्यतः दिए गए मेमरी एड्रेस में किस तरह कंटेंट को फाइंड किया जाता है हमने कंटेंट ऑफ ऑपरेटर को देखा और कुछ कैविट्स को देखा जब हम इस ऑपरेटर को यूज करते हैं और अब हम पिछले दो लेक्चर से जो अध्ययन कर चुके हैं उससे हम मेमोरी लोकेशन को उनके एड्रेस द्वारा एक्सेस कर सकते हैं धन्यवाद